आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडीज एंड नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे व्यस्त होंगे मस्त होंगे मित्रों एक बहुत ही सुंदर पर्पल कलर के फूल वाले औषधीय वृक्ष की चर्चा करेंगे साथियों हिंदी में नुपुर के नाम से हम इस वृक्ष को जानते हैं सुंदर इसके पत्र और इसके फूल आप देख रहे हैं सभी औषधीय भाग इस पौधे के औषधीय गुणों के लिए उपयोग में आते हैं साथियों मुख्य रूप से वात और पित्त का समन करने वाला ये प्लांट होता है कटिंग के माध्यम से ग्राफ्टिंग के माध्यम से और सीड के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है अब विस्तार से चर्चा करेंगे कि आप अपने दैनिक जीवन में इसको किस प्रकार से उपयोग में ला सकते हैं इसकी छाल का उपयोग आप नसों में होने वाले दर्द मसल्स के पेन के समाधान के लिए कर सकते हैं मित्रों नसों का जो दर्द होता है वो नेचुरली बहुत कष्टकारक होता है और पेन किलर से भी नहीं जाता है वेरिकोजवीन का जो पेन होता है वो भी इसी तरह का पेन होता है नसों का पेन होता है और मसल का जो पेन होता है वो भी काफ़ी कष्टदायक होता है नर्व्स और मसल के पेन को दूर करने वाला होता है इसकी bark को आप पेस्ट बनाकर कर वेरिकोजबीन की समस्या हो वहाँ लगा सकते हैं इसके फूल का जो आप देख रहे हैं इन्फ्यूज़न बनाकर सेवन कर सकते हैं हंड्रेड एम आप लूप वार्म वाटर ले लीजिए और 20 ग्राम इसके फूल को कलेक्ट करके डाल दीजिए जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसको छान के आप उपयोग में लाइए एक बार में 10 से पंद्रह इन्फ्यूज़न का सेवन करना चाहिए शरीर की बात और पित्त की समस्या को दूर करता है और न्यूरोमस्कुलर पेन नर्व्स का पेन और मसल्स का पेन उसको दूर करता है मित्रों इसके फूलों का पेस्ट बनाकर आप वेरिकोजवीन पे भी लगाएंगे तो वहाँ भी वो फायदा करता है छाल मिल जाए तो उत्तम होता है छाल में गौष्टीय घटक ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं जो हमारे वेरिकोजवीन की समस्या को दूर करते हैं इसके कोमल पत्र आप विभिन्न प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप इसका काढ़ा बनाकर स्नान कर सकते हैं स्किन की प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं स्किन के ऊपर अगर कोई माइक्रोबियल फंगल बैक्टीरियल वायरल किसी भी प्रकार का इंफेक्शन है वो भी दूर हो जाता है वास्ट थ्रोपेटिक एप्लीकेशन इस प्लांट की होती है साथियों कई बार एंटीबायोटिक्स और पेन के लेने के बाद बॉडी में रजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो ऐसे रेजिस्टेंस को डेवलप होने से रोकने के लिए आप इसके पत्र का डिकॉक्शन अगर सेवन करते हैं तो बॉडी में बैक्टीरियल फंगल वायरल किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस बॉडी शो नहीं करती है और अच्छी एक्टिविटी करते हुए इन सब को हमारी इम्यूनिटी को प्रमोट करते हुए दूर करती है तो माइक्रोबियल रजिस्टेंस को कम करने का भी ये कार्य करता है एनजाइटी डिप्रेशन तनाव उसको दूर करने का इसका कार्य होता है न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी भी इसकी होती है मानसिक तनाव आजकल दैनिक जीवन का हिस्सा बन चुका है और इससे हम बचने का प्रयास तो करते हैं लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं फिर भी मानसिक तनाव हमारे दैनिक जीवन में कहीं ना कहीं हो ही जाता है तो उसको दूर करने के लिए भी आप इसके इन्फ्यूज़न का सेवन कीजिए मित्रों न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी ये किस प्रकार से शो करता है ये एसिटाइल एसिटाइलकोलिन को ब्रेक करने वाला एंजाइम एसिटाइल एसीटाइलकोलिन एस्टरेज का इनहिबिशन करता है एसिटाइल एसीटाइलकोलिन का ड्यूरेशन बढ़ाता है और न्यूरो प्रोटेक्टिविटी एक्टिविटी अपनी शो करता है विभिन्न प्रकार के न्यूरोडिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स में भी इसकी अच्छी एक्टिविटी देखी जाती है साथियों बात और पित्त कैंसर की जो प्रॉब्लम होती है ट्यूमर्स की जो समस्या होती है उसके निराकरण के लिए भी हम इसको उपयोग में लाते हैं बिग्नोन फैमिली का एक मेंबर है डाई प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती हैं रेमेडिएशन करते हुए शरीर के अंदर से टॉक्सेंस को निकालता है लीवर का भी ये टॉक्सीफिकेशन करता है फ्री रेडिकल स्कूनजिंग एक्टिविटीज के अंदर होती है ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करने वाला होता है मित्रों मेचोरिटी के समय ये डार्क ब्राउन कलर की हो जाती हैं और इसके अंदर आने वाले बीज से इसका प्रोपेगेशन किया जाता है इसकी पौड़ का उपयोग आप वुंड हीलिंग के लिए कर सकते हैं घाव को भरने के लिए कर सकते हैं चर्म रोगों की समस्या हो तो इसकी पौड़ का पेस्ट बनाकर लगा सकते हैं एंटी फंगल एक्टिविटी इसके पौड़ की होती है मित्रों ज्वाइंट पेन के लिए रोमैटिक आर्थाइटिस की समस्या के लिए गाउट के लिए इन सब के लिए भी आप इसका बार का डिकॉक्शन सेवन कीजिए और साथ ही साथ पत्र और फूल का पेस्ट बनाकर लगाइए और रात को आप इसको पुल्टिस बांधकर सो जाइए और अगले दिन कुनकुने पानी से वॉश कर लीजिए आप दो से तीन दिन में देखेंगे चमत्कारी प्रभाव के शो करते हुए इन्फ्लामेशन को दूर करता है जॉइंट पेन को दूर करता है मल्टीपल थ्रोपेटिक एक्टिविटीज़ इस प्लांट की हैं आयुर्वेद और यूनानी सिस्टम ऑफ हीलिंग में काफ़ी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है औषधीय गुणों के लिए और मॉडर्न मेडिसंस बनाने के लिए सिंथेटिक और बायो मेडिसन्स बनाने के लिए इसके एक्टिव कॉन्सट्रेंट से काफ़ी इनोवेटिव रिसर्च हो रही हैं इस प्रकार से हम इसको दैनिक जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ रिसर्च के लिए इनोवेटिव हर्बल फॉर्मलेसन डेवलपमेंट के लिए इसको उपयोग में ला सकते हैं जानकारी को शेयर कीजिए ज्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जानकारियों से लाभान्वित हो सके जानकारी का शेयर करना बेहद आवश्यक है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार